राम राम दर्शकों स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पे दिनांक 4 सितंबर 2018 का दैनिक राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है और आपके लिए बेस्ट उपाय क्या हो सकता है शुभ अंक शुभ रंग किन नेम की स्पेलिंग के लोगों से आपको रहना है सावधान इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे आगे बढ़े दर्शकों उससे पहले बताना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए बगल में बना बेल आइकन जरूर दबाइए क्यों दबाएं क्योंकि डेली हम फ़ोन एंड लाइव सेशन अपना लेते हैं फ्री में बात आप लोगों से करते हैं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन हमारी पहुंचती रहे तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप बेल आइकन जरूर दबाइए आज भी फ़ोन एंड लाइव कार्यक्रम हमारा चल रहा है तमाम फोन कॉल आ रही है लेंगे इसको पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं आज का पंचांग क्या कहता है तो दर्शकों आज का पंचांग यही कहता है कि विक्रम संबंध दो हजार वर्षा ऋतु चल रही है कृष्ण पक्ष असाढ़ी तिथि रहेगी सत्रह बजकर चौबीस मिनट तक की उसके उपरांत दशमी तिथि लग जाएगी मृगशिरा नक्षत्र रहेगा अठारह बजकर तिरपन मिनट तक की उसके पश्चात आद्रा नक्षत्र लग जाएगा आज सूर्योदय की यदि हम बात करें तो सूर्योदय होगा प्रातः पांच बजकर पचास मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को पर अठारह एक जानकारी और देनी हमारा पंचांग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को मानक स्टैंडर्ड मान करके बनाया गया है यह गणनाएं जो निकाली गई है लखनऊ को मानक मान के जो है बनाई गई है देश काल परिस्थिति में भिन्न भिन्न ये बदल सकती है राहुकाल की यदि हम बात करें तो एक ऐसा काल एक ऐसा समय कि इस दौरान आपको शुभ कार्यो को नहीं करना यदि किसी शुभ कार्यो को कर दिए तो समझिए लंका लग जाएगी तो पंद्रह बजकर बारह मिनट से सोलह बजकर छियालीस मिनट तक की जो है राहु काल का समय रहेगा शुभ कार्यों को करना है तो आप हमसे टाइम ले लीजिए अमृत काल में आप कर सकते हैं दस बजकर पच्चीस मिनट से ग्यारह बजकर छप्पन मिनट के बीच आप इन शुभ कार्यों को कर सकते हैं अभिजीत मुहूर्त की यदि हम बात करें तो ग्यारह कर मिनट से बारह मिनट का ये जो समय रहेगा ये अभिजीत मुहूर्त का रहेगा दर्शकों आज हम यदि दिशाशूल की बात करें तो आज का जो दिशाशूल है चूंकि मंगलवार दिन रहेगा तो उत्तर दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए यदि बहुत आवश्यक हो तो गुड़ खा करके यात्रा करनी चाहिए इसके साथ साथ दर्शकों ग्रहों के गोचर के बारे में बता देते हैं तो सूर्य सिंह राशि में ग्यारह अंश पर गोचर कर रहे हैं मंगल क्रमशाह मकर राशि पर चार अंश पर गोचर कर रहे हैं चंद्रमा मेष राशि में बुद्ध कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं बृहस्पति तुला राशि में शनि राशि में आठ अंश पर गोचर कर करें शुक्र कन्या राशि में राहु क्रमश कर्क राशि में और केतु मंगल के साथ मकर राशि में तो दर्शकों ये तो था हमारा ग्रह का गोचर अब नौमी तिथि के बारे में बता देते हैं एक नौमी तिथि को कद्दू जानते होंगे इसको काशीफल भी कहते हैं कोहड़ा भी बोला जाता है हम लोगों की तरफ पूर्वांचल में तो इसको नहीं खाना चाहिए नौमी तिथि को कद्दू का सेवन करना और दान देना ये दोनों मनाही है और दसवीं तिथि लग जाएगी तो दसवीं तिथि को परवर का सेवन और दान दोनों वर्जित बताया गया है त्याज बताया गया है नौमी तिथि एक कष्टकारी और उग्र तिथि मानी जाती है इसकी अठिस्तात्री देवी माता दुर्गा जी है और इस तिथि को नवमी तिथि को रिक्ता नाम से भी जाना जाता है रिक्ता नाम से विख्यात ये तिथि कहलाई कहलाती है तो जो नवमी तिथि में जिन व्यक्तियों का जन्म होता है वो बहुत धर्मात्मा होते हैं धर्म शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और काफी विद्वान होते हैं ईश्वर में पूर्ण आस्था एवं भक्ति श्रद्धा ये रखते हैं तो दर्शकों ये तो था हमारा पंचांग पांच अंगों से मिल करके बना होता है तिथि वार करण नक्षत्र योग पांच अंग हमने आपको बहुत पहले बताए थे तो अब चलिए मेष राशि की ओर शुरू करते हैं टेलीफोन कॉल ले लेते हैं बहुत देर से परेशान है हेलो राम राम जी राम राम डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस बताइए डेट ऑफ बर्थ अगस्त उन्नीस सौ उन्नीस अगस्त 19 अगस्त उन्नीस सौ दिन मंगलवार था हाँ, हाँ. कुंडली है वृश्चिक लग्न की कुंडली है कुंभ राशि है जी जी कुंभ राशि। हाँ, आप अपना प्रश्न पूछिए और हमारे जो ये लाइव चल रहा है इस पर आपको उत्तर देने की हम कोशिश करेंगे कैरियर से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न है देंगी। देंगी। ठीक है हम आपको बता रहे हैं आप लाइन पर रहिएगा देखिए इनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और कुंभ राशि है लग्न के मालिक बनते हैं मंगल त्रिक भाव में द्वादश जो है भाव में जो है चले गए हैं मंगल दूसरा जो इनके नौकरी का इनका प्रश्न है कैरियर का प्रश्न है कैरियर में उस समय सिंह राशि उदित हो रही थी सूर्य स्वाग्रही हो गए हैं लेकिन बहुत ही इनका जो अंश है बहुत कमजोर है दो डिग्री के यहाँ पर मात्र सूर्य है आपको करियर के लिए सबसे पहली चीज हम बताना चाहेंगे कि आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी करिए उसमें आप जा सकते हैं अच्छा योग है एक माड़िक रत्न धारण कर लीजिएगा गोल्ड में बनवा कर सोने में बनवा करके धारण कर, कर लीजिएगा नहीं सोने में बनवा सकते हैं तो कॉपर में बनवाइएगा और अपनी जन्म कुंडली का एक बार विश्लेषण टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेके अच्छे से करवा लीजिएगा एक दो मिनट में कोई बहुत अच्छी बात नहीं हो सकती है करियर में काफी ज्यादा फ्लेक्चुएशन आएगी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे चलिए राशिफल पर बढ़ते हैं। रुका हुआ पैसा आज, आज आपको मिल सकता है आज मन की बातें लोगों से शेयर करेंगे तो कुछ जो बोझ आपके ऊपर है हल्का अपने आप को महसूस करेंगे किसी भी तरीके के निवेश से आज, आज आपको यहाँ पर बचने की हम सलाह दे रहे हैं बहुत सोच समझ करके आज आपको निवेश करना रहेगा निवेश के मामले में हाँ आप बुजुर्गों की सलाह ले सकते हैं अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले सकते हैं करना क्या है हरी साग सब्जियों का दान किसी गरीब को कर दीजिएगा बहुत अच्छा रहेगा तो आज के लिए उपाय हमने आपको बता दिया है कि हरी साग सब्जियों का आपको दान करना रहेगा और शुभ कलर की बात करें तो आज आपके लिए ऑरेंज कलर शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक सात आपका शुभ अंक रहेगा और आपको ई नाम और पी नाम के लोगों से सावधान रहना है वृषभ राशि पर आगे बढ़े एक टेलीफोन कॉल ले लेते हैं हेलोलो सर जी राम राम 21 मई उन्नीस सौ टाइम बताइए सुबह आप लोग सुबह शाम जरूर बता दिया करिए सर। वृष लग्न की कुंडली है कन्या राशि है यू हाँ आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है कन्या राशि है कन्या राशि के बात क्वेश्चन आप बताइए फिर हम आपको जो है आप हमारा चैनल देखिए हम उसी पर आपको क्वेश्चन का जवाब देने की आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे सर आप क्वेश्चन अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना करियर बनाऊँगा ठीक है जी ठीक है देखिये इनकी वृष्ट लग्न की कुंडली है कन्या राशि कन्या राशि के बारे में देखिये शास्त्र क्या कहता है कन्या लगने लग्नेवेदा है, है, है, है रिलेटेड बनाए वृक्ष लग्न की कुंडली है इनके नौकरी के जो कार्यक्रह बनते हैं वहां पर कुंभ राशि उदित हो रही शनि बनते शनि स्वाग्रही हो गई है हो गए हैं इनको अगर जुडिसरी से रिलेटेड वकालत से रिलेटेड इसके साथ साथ अगर ये पढ़ाई किए हो उनको अगर बिजनेस करना है तो किसी भी लोहे के चीजों से रिलेटेड कोई भी व्यापार कर सकते हैं केमिकल चीजों से रिलेटेड भी ये व्यापार कर सकते हैं तो इसमें इनको काफी ज्यादा सफलता इनको प्राप्त होती हुई नजर आएगी तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा एक चीज और बता दें आपको अगर कोई जो मिस्टोन पहनना आप एक नीली धारण कर लीजिएगा नीली धारण करने के बाद से काफी कुछ आपको जो है हेल्प मिलेगी और इस समय राहु की चुकी महादशा चल रही है तो हमारा राहु का वीडियो देख लीजिए भ्रामरी प्राणायाम का आप सहारा लीजिए अगली राशि पर चलिए हम चलते हैं वृषभ राशि आज आपका आत्मविश्वास बहुत ही बढ़ा हुआ रहेगा आपका ध्यान परिवार और पैसे से जुड़े मामलों पर रहेगा कोई गुड न्यूज आज आपको मिलती हुई नजर आएगी पैसे कमाने के अच्छे मौके मिलेंगे अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव मिलता हुआ यहाँ पर आज नजर आ रहा है आज आप एक नए जोश में रहेंगे थोड़ी सी कोशिश से ही आप पैसों से जुड़ी समस्या सुलझा लेंगे घर परिवार में कुछ सकारात्मक घटनाएं हो सकती है नई शुरुआत का आनंद वृश्चिक राशि के ये जो वृषभ राशि के लोग हैं ये आज अपने खर्च पर कंट्रोल इनको रखना है और नकारात्मक विचारों को अपने मन में मत आने दीजिएगा बहुत अच्छा रहेगा किसी गरीब व्यक्ति को यदि आज आप लड्डू खिलाते हैं बेसन के तो बहुत अच्छा रहेगा और व्यस्तता भरा दिन रहेगा शुभ कलर की बात करें तो व्हाइट कलर शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक दो शुभ अंक रहेगा आर नाम और यू नाम आपके लिए बहुत ही जो है इन लोगों से अलर्ट रहने की जरूरत है इनके रडार पर आज आप रहेंगे अगली कॉल लेते हैं हेलो हेलो हाँ जी राम राम राम में राम सर जी मेरा नाम नाम वर्षा है जी मुझे अपने बारे में कुछ पूछना था जी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस बताइए चौदह जुलाई उन्नीस सौ छियासी है रात में नौ के दस मिनट नौ no, बजकर होता है ओके okay, जी एक मिनट जो है आपकी जो कुंडली है कुंभ लग्न की कुंडली है कन्या राशि देखिए इनकी भी कन्या राशि इनकी कुंभ लग्न की कुंडली कन्या राशि है और आप तो ऑलरेडी अभी जो है आप ऑलरेडी जो है जुडिशरी सेक्टर से रिलेटेड किसी आप जॉब में भी होनी चाहिए आप ये जोशी गणना यही कह रही है जी, कह जी जी आपका प्रश्न क्या है ये बताइए जब आप जॉब में हैं उसके बाद शादी भी आपकी बढ़िया हुई होगी पति भी आपके जो है अच्छे पद पर होंगे आप अपना प्रश्न बताइए सर प्रश्न है कि मुझे इस जॉब जॉब को छोड़ के दर्शकों देखिए, इनका प्रश्न जॉब से सेटिस्फाइड ठीक है आप फोन रख दीजिए एक चीज हम यहाँ पर और जानना चाहेंगे आपके क्या जो है कानों में कोई इन्फेक्शन रहता है क्या कान से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर दिख रही है नहीं दोनों में में में है है और केतु केतु की की पंचम दृष्टि लग्न लग्न पड़ रही है। हमारा एक था कि जब भी शनि राहु होंगे या लग्न पर दृष्टि पड़ेगी तो मस्तक पर कोई चोट का निशान अवश्य रहेगा तो आपके मस्तक पर भी कोई चोट का निशान अवश्य होना चाहिए ये आप लोगों का ये देखिये जोशी गणना है और ये आप लोगों का जो आशीर्वाद है ये मिल रहा है चलिए आप हमारे चैनल को देखती रहिए और हम कोशिश करेंगे कि आपके उत्तर जो है आपके प्रश्न का उत्तर दें यहाँ पर इनकी जो कुंडली है कुंभ लग्न की कुंडली है कन्या राशि कन्या राशि के बारे में अभी हमने बताया था कि कन्या राशि के लोग कैसे होते हैं सुरथा प्रिय सुरत प्रिय होते हैं टेंथ हाउस का शनि इनको जुडिसरी लाइन में ले गया है वर्तमान में इनकी गुरु की महादशा चल रही है शुक्र की अंतरदशा चल रही है जॉब चेंजेस होने का योग है लेकिन अभी 2021 के बाद इनकी जॉब चेंज होगी यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि संभव है तो आप एक ओपेल पहन लीजिएगा और एक नीलम आप धारण कर सकती है बिना किसी से कुछ पूछे। हम नीलम आपको बताने वाले थे बताने से पहले ये श्योरिटी करना चाहते थे क्या ये जो है कुंडली आपके टाइम का बिल्कुल सही आपके जो है बॉडी लैंग्वेज पे फिट बैठती है तो दो मिनट के बताने से कुछ नहीं होता है आपसे वर्षा जी यही आग्रह है कि एक बार जो है अपनी जन्म कुंडली का जो है विश्लेषण टेलीफोन के द्वारा या पर्सनल मिलकर भी करवा करवा लीजिएगा बहुत अच्छा रहेगा मिथुन राशि की ओर बढ़ते हैं तो मिथुन राशि के जातकों को कोई नया प्रोजेक्ट आज आप सामने आ सकता है नए लोगों से आप जुड़ते हुए नजर आएंगे अपने पैसों और कैरियर की स्थिति को मजबूत करने के मौके आज, आज आपको मिल सकते हैं सकारात्मक रहेंगे तो कोई भी आज, आज आपके सामने नहीं टिकेगा खम्भा कहते हैं इलाहाबाद की हम लोगों की भाषा खंभा उखाड़ के तो खंभा उखाड़ आज खड़े हो जाइएगा आज जीवन साथी के साथ कुछ वाद विवाद हो सकता है अपने टैलेंट का उपयोग आज आप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे कुछ आलस से आपके अंदर होगा और अनियमितता और दिनचर्या के मौसम के कारण आपकी सेहत कमजोर हो सकती है हनुमान मंदिर के पुजारी को मीठी रोटी और लाल कपड़े का दान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आज पढ़ाई में मेहनत ज्यादा होगी कंफ्यूजन की स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है करना क्या है हनुमान जी के मंदिर में आज मीठी रोटी जो है इनका आपको गरीबों को बांटना रहेगा और शुभ कलर की बात करें तो पिंक कलर शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक तीन आपका शुभ अंक रहेगा और एम नाम और आई नाम के लोगों से सावधान रहना ये हमारा अगला फोन जो आया है हेलो प्रणाम हाँ जी प्रणा राम राम कहा करिए आप अच्छा राम राम जी जी डेट ऑफ टाइम प्लेस बताइए सितम्बर सितंबर सौ अस्सी में हुआ था तेरह सितम्बर उन्नीस जी टाइम तो रात में हुआ था नौ बजे जी और जन्म स्थान हेलो देखिये इनकी आवाज आ नहीं रही इनका फोन कट गया है चलिए कर्क राशि की ओर बढ़ते हैं तो कर्क राशि के जात को आज अपनी फीलिंग्स पर भावनाओं पर फिर का है आ, हलो में में हुआ था। अच्छा आपकी आपकी जो कुंडली है ये मेष लग्न की कुंडली है तुला राशि है अच्छा। किसी भी कार्य में स्थायित्व तो आपके नहीं आता है हर एक चीज आपकी बिल्कुल फंसी रहती है पैसा भी यदि आप किसी को देते हैं तो कभी आपको बहुत मुश्किल से ही आपको वापस मिलता है सर अपना अपना प्रश्न बताइए अब मैं कोई काम नहीं बन पा रहा है। जी वो तिक, वो रहा है। जी अच्छा ठीक है जी आप हमारे चैनल पर जो है देखते रहिए हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं देखिए इनका कोई भी काम नहीं बन पाता इनकी मेष लग्न की कुंडली है तुला राशि है लग्न के मालिक बनते हैं मंगल और मंगल आ गए हैं सप्तम घर में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग बन रहा है और अगर आधुनिक कुछ लोगों की है, फलाना ची, धमाका ची, साती, कुछ नहीं है आप सिंपली एक काम करिएगा सबसे पहले तो यहाँ पर आप एक माड़ स्टोन आता है धारण कर लीजिएगा दूसरा हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि प्रतिदिन आपको भगवान भोलेनाथ पर जल में तिल डालकर काला ये अभिषेक करना है ओम नमः शिवाय रुद्राष्टक का पाठ है नमामि शमी श्याम निर्वाण रूपम विभुम व्यापक ब्रह्म स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदा काम तो इससे आपको करना क्या है अभिषेक करना रहेगा और कार्य में स्थायित्व तो आएगा आप इसको एक बार करके देखिए बहुत ही अच्छा आपको लगेगा चलिए कर्क राशि की ओर बढ़ते हैं तो कर्क राशि के जात को प्रेम प्रसंग में आज सफलता मिलती हुई नजर आएगी आज यदि आप किसी को चाहते हैं प्यार करते हैं तो प्रेम संबंधों में बनते हुए नजर आएंगे आज लक्ष्य पूरा करने में आपके दोस्त परिवार और साथ कम, काम करने वाले लोगों का पूरा साथ आपको मिलता हुआ नजर आएगा अपनी इमेज को लेकर के आज आपको बहुत ध्यान देना होगा पैसों के लिहाज से थोड़ी सी किल्लत होगी परेशानी होगी इसके साथ साथ सेहत के मामले में भी आज आपको कुछ कमजोरी महसूस होती हुई नजर आ रही है कुछ काम या खरीदारी में पैसे कम पड़ सकते हैं और टेक्नोलॉजी से कोई गैजेट आज परचेज करते हुए आप नज़र आ रहे हैं चाहे कोई सेल हो लैपटॉप हो कंप्यूटर हो और शुभ कलर की बात करें तो सिलेटी कलर आपके लिए शुभ कलर है शुभ अंक की बात करें तो अंक आठ आपका शुभ अंक है एन नाम और आर नाम के लोगों से सावधान रहना है अगली राशि पर चलते हैं सिंह राशि उससे पहले फोन कॉल ले लेते हैं क्योंकि इनका फ़ोन हम उठा चुके हैं हेलो राम हाँ जी राम राम थोड़ा लाउड बॉडी थोड़ा सा नोमान अख्तर जी अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस बताइए अगस्त उन्नीस सौ इक्यानवे उन्तीस अगस्त सत्रह दस मिनट जन्म स्थान आपका कहाँ कहा का है का है। चलिए आपकी जो कुंडली है मक... हैलो इनकी देखिए मकर लग्न की कुंडली है हाँ आपकी मकर लग्न की कुंडली है और मेष राशि है नौमान अख्तर जी जी सर की तैयारी करता हूँ जी चलिए ठीक है एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दे दीजिए क्या आपके मस्तक पर चेहरे पर क्या कोई चोट का निशान आपके है और दाएं तरफ क्या कोई मसा है जी ठीक सर वही निशान जो हम आपसे पूछ रहे थे दूसरा सर यहाँ पर आपकी पढ़ाई भी क्या बीच में ब्रेक हुई है ध्यान नहीं लग रहा है क्या भी करेंगे भी सर चलिए चलिए आप चिंता मत करिए हम आपको कुछ टिप्स दे रहे हैं और नोमान अख्तर जी आप अपनी जन्म कुंडली का एक बार अच्छे से मिलकर कर विश्लेषण करवा ले चाहे हमसे या किसी और से तो बहुत अच्छा रहेगा एक दुण दुण दुण दुण दुण दुण दुण दुण कोई वो भी नहीं भी है आप चिंता मत करिए नोमान अख्तर जी ठीक है हम आप जिस धर्म से हैं अच्छी बात है की आपको जो है मतलब एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव है ये एक प्रकार का साइंस है आप आप खुद एस्ट्रोलॉजर हैं सर क्या बात कर रहे हैं आप खुद आपको खुद ज्योतिष का अच्छा नॉलेज है चलिए ठीक है आपको हम आपके प्रश्न का उत्तर दे दे रहे हैं क्योंकि रा, लाइव राशिफल चल रहा है कई लोगों से बात करनी है और समय बहुत लिमिटेड रहता है तो नौमान अख्तर जी देखिए हमारे पास आप लोगों को बता बता दें कि पाकिस्तान से भी फोन आते हैं और दुबई हुआ सऊदी अरब हुआ फोन आते हैं तमाम जो मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोग हैं वो भी आते हैं हमसे मिलते हैं एस्ट्रोलॉजी पे पूरा बिलीव करते हैं साइंस है। जो भी प्रिडिक्शन हमने इनके बारे में बताई अक्तर जी के बारे में आप लोग भी देखिए डेट ऑफ बर्थ नोट कर लीजिए 29 अगस्त उन्नीस शाम को सत्रह बजकर चंदौली वारसी के पास ही पड़ता है यहाँ का इनका जन्म है आप लोग भी इस पर शोध कर सकते हैं छोटी छोटी जो हमने टिप्स बताई है वो आप कर सकते हैं इनका मेन मुद्दा है मेडिकल में क्या इनका सिलेक्शन होगा और इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है नोमान अख्तर जी जो आपके पढ़ाई का लॉर्ड होकर अष्टमेश हो गया यहाँ पर और दूसरी चीज जो है हम आपको बताना चाहेंगे कि मेडिकल लाइन में आपको जाना है आप तैयारी करिए मेडिकल लाइन से रिलेटेड अभी दो के बाद सफल होने के अच्छे योग बन रहे हैं जो जेमिनी पद्धति से भी यदि हम आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करें तो आपका जो आत्मकारक ग्रह है यह ग्रह बनता है बुद्ध। कोशिश कीजिएगा कि एक पन्ना आप पहन लीजिएगा धारण कर लीजिएगा और एक ओपल धारण कर लीजिएगा चलिए उम्मीद करते हैं आपको हमारे अपने जो है प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा और भ्रामरी प्रणायाम जरूर करिएगा सिंह राशि की ओर बढ़ते हैं तो सिंह राशि के जातको अपनी योग्यता पर योग्यता को बढ़ाने का ध्यान बहुत अच्छा रहेगा आज कोर्ट कचहरी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है सामाजिक जीवन में कोई गति आपको मिल सकती है नए लोगों से मुलाकात और दोस्ती होने की संभावना है कोई बहुत बड़ी प्लानिंग करने का फैसला आज आप ले सकते हैं किसी नए काम की शुरुआत के लिए समय सही है पदोन्नति के भी योग बन रहे हैं इसके साथ साथ कार्यस्थल पर मदद मिल सकती है अच्छे काम के लिए आपका सम्मान हो सकता है आज बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना बन रही है इसमें उलझकर आज आपको जो है अधूरे जो है काम जो है वो पूर्ण पूर, पूर करने पड़ेंगे जल्दबाजी में कुछ गलत फैसले हो सकते हैं और सिंह राशि वाले जातक आज कुछ घुटन महसूस करते हुए यहां पर नजर आएंगे करना क्या है रोटी पर नमक और सरसों का तेल लगा करके कऊ को डाल दीजिएगा बहुत अच्छा रहेगा रेड कलर शुभ कलर है अंक छे शुभ अंक है ओ नाम तीन आम के लोगों से सावधान रहना है कन्या राशि पर बढ़े एक टेलीफोन कॉल लेते हैं हलो चलिए इनका फोन नहीं है लग रहा है तो कन्या राशि की हम बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को चूंकि आज दोस्तों या रिश्तेदारों पुराने जो रिश्तेदार हैं इनसे मिलने का योग बन रहा है किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आज आप मिलेंगे और प्रभावशाली व्यक्तित्व के संपर्क में आज आप आएंगे आज बहुत अच्छा खासा जो है दिन आपका रहने वाला है आपके कामकाज की तारीफ हर तरफ होती हुई नजर आएगी हेलो हेलो नमस्ते आजी है सरिता जी आपसे पहले बात हो चुकी है क्या नहीं मेरी आपसे पहले कभी बात नहीं हुई अच्छा जी बताइए डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस बताइए तेईस दिसम्बर जी सौ जी उन्नीस सौ अठासी हाँ जी सुबह आगे बोलिए हाँ, एक बजकर बावन मिनट ये ट्वेंटी टू की रात में है ना जैसे ट्वेंटी टू की रात हाँ, हो गयी ठीक सुबह ठीक ठीक ठीक कन्या लग्न की कुंडली मिथुन राशि हाँ जी क्वेश्चन बताइए अपना हाँ मेरा है ना सिविल सर्विस कन्या लग्न की कुंडली है, इनकी मिथुन राशि है।, है वो बनते हैं बुद्ध बुद्ध फोर्थ हाउस में यहाँ पर विराजमान है लग्न के भी मालिक है कर्म के भी मालिक है बैठे फोर्थ हाउस में है एक सौ अस्सी डिग्री मतलब अपने से सातवा घर ये देख रहे हैं अपने घर को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं आप पहली बात तो अपनी जन्म कुंडली का एक बार विश्लेषण अच्छे से करवा लीजिएगा एक डेढ़ मिनट में कुछ नहीं होता है लेकिन फिर भी हम आपको कुछ टिप्स दे रहे हैं सबसे पहले तो आप एक पन्ना पहन लीजिएगा और पन्ना को आपको गोल्ड में बनवा करके पहनना रहेगा दूसरा आपको पूर्णिमा का व्रत रहना है सोमवार वाले दिन सफेद चीजों का दान करना है तो सिविल सर्विस में जाने का योग है अच्छा योग है कन्या राशि पर हम चल रहे थे तो कामकाज का बोझ जो है ये इन पर जो है आज बहुत ज्यादा रहेगा चिड़चिड़ापन भी रहेगा बाल और नाखून आज के दिन मत काटिएगा बहुत अच्छा रहेगा दूसरा एक उपाय बता रहे हैं भगवान शिवलिंग पर आज आपको थोड़ा सा कपूर रख देना है और जल चढ़ा करके चले आइएगा आपके लिए ग्रीन कलर शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक आठ आपका शुभ अंक रहेगा चलिए अगली राशि पर बढ़ते हैं तुला राशि उससे पहले एक फोन कॉल ले लेते हैं हेलो हाँ जी हेलो हेलो हाँ जी बोलिए राम राम आ, आ, राम राम जी बताइए आपको अपने लड़के की कुंडली दिखानी है कुंडली दिखानी है तो उसके लिए अपॉइंटमेंट लीजिए आप कोई एक क्वेश्चन पूछ सकती हैं आप अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस माता जी तीनों चीज बताइए 16 12 तिरानबे जी रात रात में रात में जी का है जी, आप, आपके जो बच्चे की कुंडली है कर्क लग्न की कुंडली है मकर राशि आपके बच्चे की है बहुत ही ज्यादा ये विद्वान होगा और धर्मात्मा पूर्ण होगा पंचम घर में जो राहु बैठा हुआ है अभी तो खैर 93 है कैरियर के लिए हमको लगता है आपका प्रश्न करियर के लिए ही होना चाहिए एक दो जानकारी हमको जरा दे दीजिए आपके बच्चों को आपके बच्चे को क्या आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है? है जी इन्होंने इनकी पढ़ाई भी बीच में ब्रेक जरूर हुई होगी दो ये लगभग 2014-15 के आसपास की बात है कि ये जो है टेक्निकल लाइन में जा करके फिर क्विट किए होंगे ये, ये, ये।, ये। जी और जी जी इनके बाएं पैर पर कोई चोट का निशान है क्या घुटने के ऊपर है, है, ठीक जी ठीक बहुत सही आप जो है प्रडिक्शन हो रही है हम इनको कुछ उपाय बता रहे हैं उसको आप करा दीजिएगा सबसे पहले तो सबसे पहले अपने बच्चे को भ्रामरी प्राणायाम करवाइए राहु की महादशा चल रही है यह कंफ्यूजन की स्थिति में बहुत ज्यादा रहते हैं क्या करें क्या ना करें और राहु में बुद्ध का अंतर चल रहा है दूसरा अपने बालक को कहिए कि चंद्र त्राटक किया करें चंद्रमा के दर्शन किया करें और खास करके जब फुलमून का चंद्रमा हो तो क्या कहना तीसरी चीज बताना चाहेंगे कि अपने बालक को एक आपको मूंगा पहना देना है इसमें रिंग फिंगर में और एक ओपल पहनाना है लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर में इतना सा काम करिए 2022 तक की आपके बच्चे को कोई बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी और टीचिंग लाइन से रिलेटेड ये जा सकते हैं और बाकी और अधिक अगर जा आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज आप जो है पर्सनल अपॉइंटमेंट जो है आके ले लीजिए मिल सकती हैं मिलने के बाद जो है चर्चा करवा सकती हैं तो हेलो हाँ उपाय जो बताएं सर हमने आपको उपाय बता दिया प्लीज देखिए बार बार फोन मत करिए आप हमारे जो है जब ये लाइव स्ट्रीम हो जाएगा तो आप जाके देख सकते हैं देखिए जिनसे बात हो जाती प्लीज वो दुबारा ना फोन किया करें डिस्टर्ब ना करें बहुत अच्छा रहेगा तो तुला राशि की ओर जो है बढ़ते हैं तो तुला राशि के जात आज सक्सेस मिलती हुई नजर आ, आएगी आपको कामकाज बिजनेस और करियर से जुड़े लोगों से आज सहयोग होता हुआ दिख रहा आगे बढ़ने का कोई बहुत अच्छा मौका मिल सकता नए अवसरों पर विचार करना नए दोस्त भी आज बनते हुए नजर आएंगे कुछ परेशानियों वाला दिन है आपके जीवन में बदलाव की आवश्यकता आज रहेगी आज हो सकता है कि आपके ऊपर कोई ब्लेम लग जाए कोई आरोप प्रत्यारोप लग जाए इससे आज आपको बचना रहेगा तनाव दिन भर रहेगा और आज आपके पास पैसा रुकेगा नहीं पैसा बहुत खर्च होता हुआ नजर आएगा देखिए एक फॉरन से कॉल आई है, प्लस सिक्स फाइव नाइन सिक्स एट टू वन एट नाइन फाइव थोड़ा सा वेट, वेट करिए आप तो पीपल के पेड़ पर आज आपको जल चढ़ाना है और घी का दीपक जला दीजिएगा इसके साथ साथ ऑरेंज कलर आपके लिए शुभ कलर रहेगा अंक साथ आपका शुभ अंक रहेगा हेलो हाँ जी नमस्कार जी राम राम जी, जी हेलो आप जी कहाँ से बोल रहे हैं से सिंगापुर से चलिए अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस बताइए माताजी चलिए आप मम्मी तो की डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस पता है उनतीस जुलाई 1959 फिफ्टी टाइम बताइए जी अट्ठारह पी आपकी माताजी की जो कुंडली है धनु लग्न की कुंडली है वृक्ष राशि है इनको पेट से पेट से रिलेटेड फेफड़े से रिलेटेड काफी इनको दिक्कत आएगी इसके साथ साथ जो है शुगर की और अस्थमा की भी शिकायत रहेगी आपके माता जी को अच्छा है ना जी जी तो और शुक्षिक तो शुक्षिक था था था, जी जी जी तो तो आप क्या ठीक, ठीक, ठीक, ठीक क्या हम आपको देखिए इसके लिए आप एक काम करिएगा जन्म कुंडली का इनका पूरा विश्लेषण करवा लीजिएगा क्योंकि एक डेढ़ मिनट में माताजी कुछ नहीं होता है कुछ उपाय हम आपको बता देंगे आप करिएगा जब उसका लाभ होगा तब आप अपॉइंटमेंट लेके जो है बात करिएगा ठीक हाँ। है जी आप हमारा आप चैनल देखिए हम चैनल पर ही उपाय अब बताने जा रहे हैं जो मतलब बता <laughs> के बारे में जानना है की अब ये पूछ रहे हैं, कोई ऐसा उपाय बता दीजिए कि कल रिपोर्ट पॉजिटिव आए देखिये माता जी हाथ जोड़ करके क्षमा चाहते है ज्योतिष एक विज्ञान है यहाँ पर हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा रहे हैं कोई किसी के पास ऐसा मैजिक ऐसा जादू नहीं है कि चुटकी बजी और काम हो गया इसके लिए क्षमा करिएगा प्लीज हमारी ये बातें कुछ आपको बुरी लगी हो तो हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं हाँ एक काम आप ये कर लीजिएगा कि यदि संभव होगा तो आप हमारे जो कार्यालय का व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा हम आपको एक स्त्रोत भेज देंगे उसको आप पढ़ लीजिएगा और कल जब माता जो है जाएंगी आप हॉस्पिटल में जाएंगी तो वहाँ बैठकर भी आपको पढ़ना रहेगा हमारे भागीरथी श्रृंखला में एक वीडियो है कि प्रूफ ऑफ एस्ट्रोलॉजी कर करके वो वीडियो बना है बहुत चमत्कारी कोई स्त्रोत है आप मैसेज कर दीजिएगा हम आपको भेज देंगे और आप अपनी माता जी की जन्म कुंडली का एक बार अच्छे से विश्लेषण करवाइए क्योंकि तमाम जो हमने प्रिडिक्शन बताई है ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम देखिए आपने भी एक्सेप्ट किया है आप कहा सिंगापुर में हम कहा यहाँ बाराबंकी में बैठे हैं चलिए अगली राशि पर बढ़ते हैं वृश्चिक राशि हमारे हिसाब से चल रही थी तो आज वृश्चिक राशि के को परिवार के लोगों से प्रेम और सम्मान मिलता हुआ नजर आएगा आर्थिक स्थिति आज पहले से बहुत बेहतर होती हुई नजर आएगी पैसों से जुड़े और घरेलू मामले को सुलझाने के लिहाज से दिन अच्छा है ऑफिस का काम जल्दी से निपटा लेंगे आज अपोजिट जेंडर वालों से मदद मिलती हुई नजर आएगी आज पुरानी जो समस्याएं थी वो सॉल्व होती हुई यहाँ पर नजर आएगी कुछ फोन आते हैं नहीं उठाएंगे तो ये लोग बाद में कहते हैं सर आप उठाते हैं, नहीं है किनका उठाएं किनका ना उठाए चलिए उठा लेते हैं तो लव पार्टनर पर आज ज्यादा खर्च होता हुआ नजर आएगा आज करना क्या लाल कपड़े में मसूर की दाल रख के किसी गरीब व्यक्ति को आज आपको दे देना है ऑरेंज कलर शुभ कलर रहेगा अंक आठ आपका शुभ अंक रहेगा पी नाम और टी नाम के लोगों से सावधान रहिएगा हेलो नमस्ते राम राम जी जी जुलाई अच्छा टाइम टाइम बताइए सुबह शाम शाम कोई दि आपकी कुंभ लग्न की कुंडली सिंह राशि है जी मैं जानना अच्छा सर पर कोई चोट का तो आपके निशान है मस्तक पर कोई चिन्ह है आपके नहीं नहीं तो नहीं चोट चोट तो तो है बस एक एक एक के बाद बचपन में लगी थी वही हम पूछ रहे तो हैं है देखिए आप लिए कहते हैं चोट का निशान नहीं हमारे यहाँ तमाम दर्शक सुन रहे हैं हम गलत चीज पहली बात तो आपको बताएंगे नहीं हमने पूछा ना आपके मस्तक पर कोई चोट का निशान है कि नहीं लग्न पे सनी बैठा हुआ है श्योर होगा तो बचपन में आपके चोट लगी थी तो उसी की हम बात कर रहे हैं हाँ जी से हाँ हाँ ठीक ठीक चलिए ठीक है आप परेशान मत होइए। आपका जो प्रश्न है काम करिएगा। एक दो मिनट में कुछ नहीं होता है तब भी हम कोशिश करते हैं बताने की आप एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अच्छे से करवा लीजिए कुंडली आपकी बहुत अच्छी है हम आपको बताए दे रहे हैं तो इनका जो प्रश्न है कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी सबसे पहले जो गवर्नमेंट जॉब का योग है तो गवर्नमेंट जॉब का योग एक दस परसेंट डेफिनेटली है करना क्या है आपको सबसे पहली चीज यहाँ पर हम आपको बताएंगे चूंकि शतभिषा नक्षत्र लग्न यहाँ पर जो है आपका है और चंद्रमा जो है ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का है यहाँ पर राहु भी आपके नीच के हैं और जो आपका आत्मकारक ग्रह है यह बनता है बुद्ध तो एक आपको पन्ना पहनना है पंचम घर में वक्री हो गया है एक आप यहाँ पर पन्ना पहन लीजिएगा और राहु का कुछ आपको जो हमारा वीडियो है उसका उसमें उपाय है राहु का वो उपाय कर डालिएगा धनु राशि की ओर बढ़ते हैं देखिए प्रडिक्शन दर्शकों जब हम बताते हैं ना तो 2007 से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं बहुत छोटे थे ग्रेजुएशन भी हमने नहीं पास आउट किया था ये एस्ट्रोलॉजी तब से ये जो नसों में खून बहता है तो हमारे नसों में एस्ट्रोलॉजी बहती है तो यहाँ पर कोई ये नहीं कह सकता नहीं ये गलत है ये वो है ये फलाना ये धमाका है है तो है बताए कि जो है इस ताके का निशान हमारे उस पर है तो जो है वो है हम गलत क्यों बताएंगे भाई हम भी यहाँ पर बैठे हैं लाइव बात चल रही है इतने लोगों के सामने हमारी भी प्रतिष्ठा का सवाल होता है हमारी ज्योतिष की प्रतिष्ठा का सवाल होता है तो बहुत कुछ दाव पे लगता है और कई लोग तो एग्जाम भी आके हमारा यहाँ पर लेते हैं क्या है क्या नहीं है खैर बहुत परीक्षाएं दिए जैसे माता सीता जी अग्नि परीक्षा नहीं देतीं उसी तरीके से हमने भी तमाम परीक्षाएं दी हैं। तो धनु राशि की ओर बढ़ते हैं आज व्यस्तता रहेगी कामकाज से जुड़ा कोई बहुत बड़ा फैसला आज आप लेते हुए नजर आएंगे आज अपने कामकाज में आज आपको प्राउड फील होता हुआ नजर आएगा इसके साथ साथ आज यदि हम बात करें तो धार्मिक यात्राओं का योग बन रहा है कानूनी रूप से जो है आज हो सकता है कि कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले आज अधूरे रह जाएं और पुराना किसी जो देनदारी है उनसे विवाद मत करिएगा अन्यथा बड़ी दिक्कत हो जाएगी पुलिस केस होने का डर है आज आपको जो है अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है देखिए अस्सी मिसकॉल यहां पर पड़ी हुई है करना क्या है कैप्रिकॉन मकर राशि वालों को आज काली चीटियों को चीनी खिलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा वालों को और शुभ कलर की बात करें तो येलो कलर शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक नौ शुभ अंक रहेगा मकर राशि पर आगे बढ़े उससे पहले एक टेलीफोन कॉल लेते हैं हेलो हेलो हा, हाँ जी जय श्री राम डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस बताइए मेरा दिसंबर में। या 1993 वाले ज़्यादा लोग आ रहे क्या बात है रात्रि मिनट मिनट होगा बर्थ प्लेस ओके जी आप रे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कुंडली है कन्या लग्न की कुंडली धनुराशि है क्वेश्चन अपना बताइए फिर हम आपको बताएंगे आपकी जॉब कब तक लगेगी आप समूह गा की तैयारी करते हैं यूपी से हैं है हाँ, यूपी से ही हैं चलिए ठीक है फोन कट कर दीजिए और लाइव आप देखिए क्योंकि आपकी आवाज गूंज रही है इनकी जॉब कब तक लगेगी समूह गा की नौकरी जो आपकी लगेगी ये फाइनली लगेगी 2019 के बाद सितारे ऐसा कह रहे हैं और 2020 आते आते, आते आप स्टेब्लिश हो जाएंगे ठीक करना क्या है उपाय क्या करना है सबसे पहले तो सूर्य देव को प्रतिदिन अर्घ आपको देना है दूसरा भगवान भोलेनाथ पर सोमवार वाले दिन नोट करते रहिएगा दूध में शहद डाल करके रुद्राष्टक के पाठ से अभिषेक करना है जिस भाषा में आपने पूछा है उस भाषा में भाषा में हमने बताया है जय श्री राम चलिए कैप्री कौन की ओर बढ़ते हैं कुछ कमेंट ले लेते हैं देखिए है, हमारे तमाम इतने प्यारे भाई लोग हैं सचिन जी लिखते हैं सादर प्रणाम सचिन जी राम राम मणिप्रकाश पांडे जी जय परशुराम भैया जी मणिप्रकाश जी जय परशुराम दिल खुश कर दिए और मोहित शर्मा जी लिखते हैं प्रणाम आशीष जी मोहित जी नमस्कार निरुपमा जी लिखती हैं नमस्कार जी और गोपी किशन जी लिखते हैं गोपी किशन जी राम राम सादर जय श्री कृष्ण और शुभम मिश्रा जी अमेठी पाये लगी भैया जी भैया जी पाए लगी और बताइए मिकेश जैन जी लिखते हैं राम राम पंडित जी मिकेश भाई राम राम और मोहित कुमार प्रजापति जी लिखते हैं राम राम मोहित जी राम राम आप सभी लोग कमेंट करते हैं हमारा ये राशिफल जो देख रहे हैं इतना ज्यादा आप लोग मतलब मानना पड़ेगा कहा जो है दस पंद्रह लोग देखते थे आज सत्तर बहत्तर लोग देख रहे हैं चलिए आप लोग भी फोन करिए ये अलग से जो फोन आ रहे इतने लोगों के आप लोग भी ट्राई किया करिए क्यों नहीं करते हैं जिनसे हमारी बात होगी वो भी फिर से बात कर सकते हैं जो पर्सनली मिल चुके हैं जैसे शुभम मिश्रा जी आ चुके हैं गोपी कुशा किशन जी आ चुके हैं परमित जी आ चुके हैं मिल चुके हैं हिमांशु जी मिल चुके हैं तो तमाम लोग आके मिल चुके हैं आप लोग फिर फोन करके कुछ परेशान किया करिए मकर राशि खुद को समय दे सोचे हुए काम पूर्ण करने की आज कोशिश करेंगे आप में आज ऊर्जा बहुत ज्यादा रहेगी इसके साथ साथ काम पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा मेहनत करेंगे तो आज उसका उचित इनाम आपको मिलेगा अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव मिलेगा कपड़ों से रिलेटेड जो व्यापारी हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है फोन आ रहा है उठा लें है चलिए उठा लेते हैं वेट करिए भाई साहब आप तो आज सावधान रहिएगा पूरा दिन भाग में आज निकल सकता है समय पर काम निपटाने का दबाव आज आप पर रहेगा किसी व्यक्ति से कोई बात यदि कहना चाहते हैं तो संकोच वक्ता है आप ना कह पाए तो करना क्या है कैप्रिकॉन के जो हमारे जातक हैं तो आज भगवान को जो है खीर का भोग लगाना है विष्णु भगवान को खीर का भोग आज आपको लगाना है और उसको फिर छोटी कन्याओं में बांट देना है ब्राउन कलर शुभ कलर है अंक नौ शुभ अंक है और ओ नाम और इन नाम के लोगों से सावधान रहना है चलिए अगली कॉल लेते हैं हालो? हलो हेलो हाँ जी राम राम, राम आचार्य भैया हम आचार्य नहीं है और आप राम राम बोला करिए बहुत एक छोटा सा भगवान का सेवक हूँ आप लोगों की सेवा करने आए है क्षमा नहीं क्षमा क्षमा भी हम देखिए नहीं कर पाते हैं हमारे अंदर कोई क्षमा का क्या गुण है बताइए आप तो बड़े हैं उम्र में डेट ऑफ बर्थ बताइए उन्नीस आठ उन्नीस सौ अठहत्तर आप सच में बड़े हैं उन्नीस आठ उन्नीस टाइम बताइए सुबह चार बज के 420 सौ टाइम ता, ता, कहा का है माफ करिएगा देखिए मजाक करने का इरादा था जिला। कौन जिला, जिला ये बिहार चलिए भैया ब्राह्मण कुमार से बात हुई तिलक लगाए हैं कि नहीं हमने तो देखिए नहीं लगाया है लगाते हैं कर। लगाया करिए हम भी लगाते हैं तिलक लेकिन नहाने के बाद लगाते हैं वो शास्त्र में कहा गया है कि तिलक विहीन ब्राह्मण का यदि मुख आप दर्शन करते हैं तो सौ चांडाल के दर्शन करने के बराबर है जी, जी। कर्क लग्न की कुंडली है कुंभ राशि है क्वेश्चन बताइए मनीष भाई हम आपकी आपका पराक्रम भी बहुत अच्छा है थर्ड हाउस में राहु बैठा हुआ है पराक्रम में आपका शुक्र नीच का हो गया है चंद्रमा भी आपका कमजोर है मानसिक रूप से आप किसी छोटी बात को सोचते हैं बहुत बड़ा कर देते हैं सोच के क्वेश्चन बताइए सर नौकरी लगी कि नहीं लगेगी या फिर में जाएं नौकरी आप करते थे आपकी नौकरी छूट गई है क्या करते करते ये बताइए टीचिंग टीचिंग था टीचिंग था सर, उसमें एक है है। कुंभ राशि आप बोले वो कन्या राशि हो सर कुंभ राशि है 19 अगस्त उन्नीस सौ अठहत्तर सर आपने 78 बोला था एक मिनट सर अब चलिए नहीं सर अब आपको पूरा हम सेटिस्फाइड ही करेंगे अच्छा था, सर। जी जी तो शनि की दशम दृष्टि कर्म के क्षेत्र पे जॉब होते होते आपकी छूट चुकी है जी। और सर ये बताइए देखिए शनि लग्न में ही बैठा है फिर वही रिपीट क्वेश्चन सर पर मस्तक पर कोई चोट का निशान है क्या सर आ, है, है। सर। जी हाँ, हाँ। जितने ज्योतिष के शोध वाले हमारे ये विद्यार्थी देख रहे हैं इस समय ये बर्थ नोट कर लीजिए 19 अगस्त 1977 उन्नीस सौ पर और हमारी जितनी भी पूर्व में कुंडली है वो भी आप देख लीजिएगा सभी लोग लग्न में जब भी शनि बैठेगा शनि कहीं से दृष्टि देगा मस्तक पर चोट का निशान अवश्य देगा यूनिवर्सल ट्रुथ है अकाट सत्य है नोट कर लीजिएगा आप लोग जितने भी एस्ट्रोलॉजी सर जो क्वेश्चन आपने पूछा है कि आपको जॉब अब कब लगेगी थोड़ा सा सर अभी यहाँ पर हमको डिले दिख रहा है गुरु की महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही है और राहु का उपाय आपको करना है हमारे चैनल पर चले जाइएगा राहु के लिए सर्वोत्तम उपाय हमने बता दिया है आप पूर्णिमा का व्रत रहिए बहुत अच्छा रहेगा सूर्य को प्रतिदिन अर्घ दीजिए नहाने के जल में एक चुटकी हल्दी और पांच बूंद आपको जो है तिल का तेल डाल करके स्नान करना रहेगा यहाँ पर जेम की यदि आप बात हमारी मानेंगे तो कोई जेमस्टोन आपको नहीं पहनना है कोई जेमस्टोन आपको कुंभ राशि पर चलते हैं तो कुंभ राशि के जातकों देखिये पहली बार जब इनका था तब हमने नहीं कहा मस्तक पर चोट का निशान है कि नहीं तब शनि कहीं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था दोबारा जब कहा नहीं सर वो सेवेंटी सेवन है तब मैंने इनसे क्रॉस क्वेश्चन किया तो ये है ज्योतिष ये है एस्ट्रोलॉजी मानना ना मानना आपके ऊपर है कहा भभुआ बिहार के हमारा दूर दूर तक की रिश्ता नहीं बाराबंकी में हमारा जन्म देवरिया में हुआ बस गए बाराबंकी में आके तो बचपन से ही बाराबंकी में रहे हमारा क्या किसी का रिश्ता लेकिन ये होती है एस्ट्रोलॉजी सिंगापुर से फोन आया था सिंगापुर का हमारा क्या रिश्ता लेकिन देखिए प्रोडिक्शन इसको कहते हैं अब तमाम फोन आते हैं अभी लाइव राशिफल के बाद लोग हमसे शिकायत करेंगे कि क्या सर आपने हमारा फोन नहीं उठाया इतनी बार घंटी आई तो हमको राशिफल भी बताना रहता है तो इसके लिए क्षमा करिएगा कुंभ राशि उठा लेते हैं इनका फोन नहीं तो हमको जो है बहुत ज्यादा तो कुंभ राशि के जातकों आज आपको पैसों की बहुत अत्यधिक जरूरत पड़ेगी और कोई नजदीक व्यक्ति आपको जो है वो जरूरत पूरी करता हुआ नजर आएगा पारिवारिक सहयोग समारोह में भी सकता है सेहत के पर के आज, आज आपको ध्यान देना रहेगा आज थकान और घबराहट के कारण आपकी सेहत खराब होती हुई नजर आएगी आज आप खुद के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे और आपको आज सावधान रहना चाहिए कोई गुप्त दुश्मन आज आपको क्षति पहुंचाते हुए नजर आ रहा है बिजनेस और नौकरी में कोई नया काम शुरू ना करें और जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे बेरोजगार यदि आप हैं तो कोई नए रोजगार को जो है आ जा पाते हुए नजर आएंगे भले वो कॉन्ट्रेक्ट बेस ही क्यों ना हो और करना क्या है पहली बात तो आज कोशिश कीजिएगा यदि शमीपत्र मिल जाए तो भगवान भोलेनाथ पर चढ़ा करके आज, आज आपको अभिषेक करना रहेगा ब्लैक कलर शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक चार आपका शुभ अंक रहेगा इस नाम और ये नाम के लोगों से सावधान रहना है अंतिम राशि पर चलते हैं मीन राशि तो मीन यात्राओं का योग से ही बन रहा है। दिन भर आज उत्तेजना के अपने उत्तेजना को काबू में रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा घर परिवार के काम आज आप निपटाते हुए नजर आएंगे आज रिश्तों में सुधार होने की जो है पति के साथ संभावना बन रही है मेहनत का फल आज आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा घर परिवार के लिए आज खरीदारी को आज गेहूं दे सकते हैं लाल मिठाई दे सकते हैं गुड़ दे सकते हैं और रेवड़ी दे सकते हैं ये सब आज आप काम करिएगा शुभ कलर की बात करें तो येलो कलर शुभ कलर शुभ अंक की बात करें तो अंक सात आपका शुभ अंक है इस नाम इ नाम के लोगों से सावधान रहना टेलीफोन कॉल लेते हैं हेलो राम राम जी, राम राम जी। शन तिवारी बोल रहा हूँ जी जी गोपी किशन तिवारी जी आपसे पहले शायद बात हो चुकी है भैया चलिए डेट टाइम प्लेस बताइए नाइन अक्टूबर टाइम बताइए 29 29 अक्टूबर उन्नीस सौ गुरुवार दिन था भैया जी जी टाइम बताइए सुबह शाम बीस बजकर पैतालीस मिनट जौनपुर जौनपुर आपकी जो कुंडली है मिथुन लग्न की कुंडली है मकर राशि है आपकी कैरियर से रिलेटेड ही आपका क्वेश्चन है अभी भी हमने जो आपको पहले डेट बताई थी कि इस डेट में आपको पेन बहुत ज्यादा मिलेगा तो हुआ था कि नहीं ऐसा हुआ था। हुआ था, चिंता मत करिए, तब मिला था, अब आपको मिलेगी। आपके लिए रहेगी, से से अच्छा कर सकते हैं। वैसे आपकी जो शिक्षा है, है, वो से है। और अगर आप कभी बिजनेस करना चाहे इन सब चीजों का तो वो भी आप कर सकते हैं कोई काल सर्प दोष नहीं है दूर दूर तक की कोई कुछ नहीं है कुंडली आपकी बहुत सुंदर है जन्म कुंडली में आपके टेंथ स्थान पर गुरु स्वाग्रही है हंस महापुरुष नामक राजयोग आपकी कुंडली में है सूर्य नीच का है इसकीन से आपको होती हुई नजर आएगी सूर्य को प्रतिदिन आपको अर्घ देना रहेगा अच्छा रहेगा यहाँ पर आप राहु से रिलेटेड हमारे वीडियो देख लीजिए आपको तमाम उसमें जो है हमारे सोल्यूशन आपको मिलेंगे गोपी किशन जी ठीक है जी और कुछ पूछना है शादी ब्याह जो है है है इसका चल रहा कब तक आने की दो हजार अठारह गुजर जाएगा उसके बाद ही रिजल्ट आए तो अच्छा है प्रसन्न रही है खुश रहिए और खूब आगे बढ़िए तो दर्शकों ये तो था हमारा जो है आज का राशिफल राशि भविष्य और तमाम लोगों के हमने टेलीफोन कॉल लिए है और जिनके नहीं ले पाए हैं उनके लिए हाथ जोड़ करके प्लीज देखिए आप लोग माफ करिएगा क्षमा कर दीजिएगा तो तो फिर एक फोन आ रहा ले हमको राम राम जी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस बताइए पंद्रह नवम्बर उन्नीस सौ तो बानवे पंद्रह ग्यारह उन्नीस सौ तो बानबे आपका फोन हम लेते नहीं रा, राशिफल हमारा खत्म हो गया है चलिए टाइम बताइए अरे आप तो पड़ोसी हैं अरे जी मैं बोल रही हूं। मेरी बहन के बारे, तो बारे में मुझे पूछना है और उसने दो बार दिया है है उसके बारे में पूछना मिलेगी आपसे पहले बात हो चुकी है क्या नहीं मैंने बहुत दिन पहले किया था आपको मतलब आपसे बात जी जी जी इनकी जो कुंडली है तुला लग्न की कुंडली है मिथुन राशि है और इनका जो मंगल है नौकरी का जो कारक ग्रह यहाँ पर नीच का हो गया है तो आप क्वेश्चन जो है जो आपने पूछा हम आपको आंसर दे रहे हैं राशिफल आप देखिए ठीक है तो देखिये इनका क्वेश्चन है ये तैयारी कर रही है पीसीएस की तमाम पीटी होता है मेंस होता है इंटरव्यू से बाहर होना या फाइनल रिजल्ट में ना आना देखिए प्रशासनिक सेवा में जाने का 110 परसेंट योग है यहाँ पर हम आपको सलाह देंगे कि जो है सुर को आपकी सिस्टर को डेली अर्घ देना चाहिए दूसरा हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना ही करना है अब तमाम विद्वान लोग आते हैं कहते हैं अरे महिला हैं साहब हनुमान चालीसा कहाँ जूझे जा रहे हो हनुमान चालीसा का पाठ कहाँ करना महिलाओं को कहाँ है करना है तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म के ठेकेदार होते हैं धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाते हैं हनुमान चालीसा में ही लिखा है कि हनुमान चालीसा का पाठ किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए एक चौपाई आती है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा कि जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गौरिसा अगर ऐसा कुछ होता कि महिलाओं को मना होता तो वहां पर लिख देना चाहिए था तुलसीदास जी को कि पुरुष यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धिखी गौरिसा लेकिन उन्होंने ऐसा तो किया नहीं उन्होंने लिखा जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरी सा गवाही कौन दे रहे हैं गौरी सा जैसे कहते नहीं है एक जो है आनंदी नाटक आता था, था कलर्स पे तो जगदीश सा, सा तो गौरी सा गौरी जी के पति भगवान शिव गवाही दे रहे हैं तो हनुमान चालीसा का इनको पाठ करना रहेगा डेली फुल का व्रत उठाने बहुत अच्छा रहेगा और संभव हो तो एक नीलम ये पहन सकती है और बाकी इनका विश्लेषण अच्छे से करवा लीजिएगा क्योंकि करियर पीक टाइम पे इस समय रहता है तो दीजिए अपने ज्योति को इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार राम राम आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगे ये आप प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए दर्शकों दीजिए इजाजत तब तक के लिए नमस्कार